हम जब भी काम करते करते थक जाते हैं तो खुद को रिफ्रेश करने के लिए बतौर रिफ्रेशमेंट चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं लेकिन एक लिमिट से ज्यादा चाय या कॉफी का इनटेक हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है इसीलिए अगली बार जब भी आपको काम करते करते थकान महसूस हो तो आप अपने रिफ्रेशमेंट में कुछ हेल्थी चीजों को शामिल कर सकते हैं जैसे की केला केला एक स्वीट फ्रूट है जो कि हमारी बॉडी में धीरे धीरे शुगर को रिलीज करता है जिससे हम देर तक एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं दूसरा विकल्प है ओट्स का ये एक होलसम फूड है इसमें ढेर सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं और ये एक प्रोटीन रिच फूड है जो एनर्जी को हाई रखता है तीसरा ऑप्शन ये भी है की आप चाय या कॉफी की जगह पर लस्सी या छाछ भी ले सकते हैं वैसे आप काम के दौरान एनर्जेटिक रहने के लिए कौन सा फूड लेना पसंद करते हैं या कौन सी ड्रिंक लेना पसंद करते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा